दक्षिणी देशों में सब्जियों की कमी पड़ रही है और पाकिस्तान अपने एक नए मसीहा की तलाश कर रहा है पता नहीं क्यों अब पाकिस्तान अपने नए मसीहा की तलाश कर रहा है आदार नमस्कार सतरकाल मैं नफिया आज फिर से हम आप लोगों के लिए दो न्यूज़ लेकर के आए हैं आज की पहली हमारी न्यूज़ होगी पाकिस्तान क्यों नए मसीहा की तलाश कर रहा है और दूसरी न्यूज़ ये है कि सब्ज़ी की कमी क्यों पड़ रही है दक्षिणी देशों में आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं था कि तुर्की में लाल गुब्बारे क्यों बांधने जा रहे हैं वो तो भूकंप आने के बाद मलबे के ऊपर लाल गुब्बारे बांधने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्यों लाल गुब्बारे लोग बांध रहे हैं अब बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान में समस्याएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं और इन समस्याओं के चलते का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं ये महंगाई आज इतनी है पाकिस्तान में कि ये आसमान को छू रही है और विदेशी मुद्राएँ भंडार में गिर चुकी हैं और अब पाकिस्तान आर्थिक व्यवस्था की कंगाह गहराई तक पहुंच गया है अब पाकिस्तान को कोई चमत्कार का इंतज़ार है और पाकिस्तान अब एक ऐसे मसीहा की तलाश कर रहा है जो इसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सके और इसकी लड़खड़ाहट अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके और इस पूरी विश्व यानी कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक ही देश है जो कि हमारे इंडिया का भी पड़ोसी देश है अब आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ दूस पर दूसरी खबर यह है कि दक्षिणी देश यूरोप और अफ्रीका में मौसम खराब होने के साथ साथ न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में बिजली महंगी होने की वजह से फल और सब्जियों पर काफी ज्यादा उत्पाद प्रभाव पड़ रहा है और इस वजह से ब्रिटेन की सारी सुपरमार्केट खाली पड़ी हैं और इसी के कारण आप दो टमाटर और दो से तीन आलू के सवाय और कोई सब्जी नहीं खरीद सकते और इसी कारण ब्रिटेन और यूरोप में सब्जी की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही है इसी कारण आप ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खरीद सके लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन विदेशों में इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं लोग विदेश ना ही जाएँ तो अच्छा है लेकिन लोग खाना भी बहुत ज़्यादा बारातों में बर्बाद करते हैं जैसा कि दो न और जो खाना बचा अच्छा नहीं लगा तो वो फेंक दिया डस्टबिन में लेकिन आप अगर उस खाने को बर्बाद कर रहे हैं आपके पास खाने की कमी नहीं है लेकिन उस खाने को अपने बर्बाद ना करें बल्कि उन लोगों को देखिए जिनको एक एक निमाले के लिए एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं दूसरे देशों में लेकिन भूख लगती होगी लेकिन आप लोगों को खाना मिलता है तो आप लोग उसको बर्बाद करते हैं तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो आज की जानकारी के बस इतना ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलकन प्रेस करना न भूल कि हमारी वीडियो हर आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों आप लोग हमें अपना ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें आप लोग हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग हमें अपना सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग हमें अपना सपोर्ट ज़रूर करें तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ तब तक के लिए जय जय